Students. Uh, ये लैक्चर एक शॉर्ट लैक्चर है जिसका टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ हार्ट पम्पिंग और uh, ये बेसिकली एल्थ साइंस स्टूडेंट्स के लिए है रेगुलेशन ऑफ हार्ट पम्पिंग से मुद ये है कि वेरियस सिचुएशन में uh, heart rate और heart pumping जो है वो एक जैसी नहीं रहती तो मुख्त होती हैं जिसमें आ, हार्ट रेट हार्ट पंपिंग को एडजस्ट करना पड़ता है मिसाल के तौर तो पर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट पंपिंग को आ, इन्हेंस करना पड़ता है बढ़ाना पड़ता है तो वो कैसे अचीव होती है और फिर आ, सोते वक्त आपकी हार्ट पंपिंग का ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं होती तो उसको कम कर दिया जाता है आ, खाते वक्त भी इसको एडजस्ट किया जाता है खाना खाते हुए ले, सांस लेते ले। हुए इन हर लिहाज से हार्ट पम्पिंग एक एक क्योंकि रूटीन की चीज़ है एक लगातार एक चीज़ चल रही है और डेली एक्टिविटीज भी चल रही होती हैं उसके लिहाज से रेगुलेशन ऑफ हार्ट पम्पिंग एक इम्पॉटेंट टॉपिक है और ये इन हम कवर करेंगे थ्रू दिस वीडियो और उसके बाद हम क्यों नहीं करेंगे वो जैसे हम कर रहे करते हैं आजकल कर, यूट्यूब पे लाइव टमोरो इंशाल्लाह सो so, रेगुलेशन ऑफ हार्ट पम्पिंग के बुनियादी तौर पर दो हिस्से हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप, आप, आप जहन कर लें एक इंट्रिंजिक है इंट्रेंसिक का मतलब होता है अंदरूनी जो इत, उसका हिस्सा होता है तो अगर हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो का मतलब यह हुआ कि हार्ट के अपनी ऐसी टेक्नोलॉजी है ठीक है, है, है इसके अंदर हम एक लॉ पढ़ेंगे इसको फ्रेंस लॉ कहते हैं थोड़ी देर में पढ़ते इसको और दूसरा ये है कि एक्सट्रेंसिक मतलब बैरूनी बुनी से मराज ये नहीं कि बॉडी से बाहर बैरनी से मराल ये कि हार्ट के अलावा हार्ट के बाहर भी कोई ऐसी चीज है जो इसको इफेक्ट करती है तो जी बिल्कुल है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है जिसका आ, काफी कनेक्शन है हार्ट के साथ और वो हार्ट रेट को यानी जितनी दफा हार्ट बीट करता है जिसको हार्ट रेट कहते हैं उसको भी इन्फ्लुएंस करता है और ईच बीट की जो कॉन्ट्रेक्शन की फोर्स है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कितनी दफा दिल धड़कता है एक मिनट में और हर जो बीट है वो कितनी फोर्सफुल हो सकती है ये दोनों चीजें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो इन, इसको बढ़ा सकता है और घटा सकता है ठीक है तो ये ये इस इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे ये आ, क्या मामला है सबसे सब पहले हम इंट्रेंसिक जैसे मैंने आपसे कहा कि फ्रेंक स्टार्टिंग हम पढ़ेंगे इंट्रेंसिक रेगुलेशन में तो ये लॉ क्या कहता है पहले मैं आपको देखती दुबाना समझाता हूँ किता क्या विदाआउट वगैरह आप ये सब कॉन्सेप्ट बनाए कि हार्ट में जितना ब्लड आएगा एक फिजोलॉजिकल रेंज में एक नॉर्मल रेंज में वो ब्लड जो है हार्ट मैनेज करेगा और उसको वो आगे पंप करने की सलाहियत अपनी इन्हेंस करेगा मिसाल के तौर तो, पर हार्ट में आ, अगर 5 लीटर ब्लड आ रहा है आ, हर, हर एक गिवन टाइम में तो वो हार्ट में ये एबिलिटी है कि वो उस पाँच लीटर को पंप कर सके उसके गिवन टाइम ठीक है अगर आप इसको पाँच से दस लीटर कर देंगे या सात या आठ या छः लीटर कर देंगे बढ़ा देंगे इसको एक्सरसाइज करवा दें कुछ कोई भी और चीज करते हैं जिसकी वजह से जो वापस ब्लड आ रहा है हार्ट में वो अब उस टाइम फ्रेम में बढ़ गया है डबल हो गया है तो हार्ट के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपना जो कॉन्ट्रैक्शन uh, uh, का मादा है जो उसकी एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की इस इस एक्स्ट्रा लोड को मैनेज करने की वो उसको बढ़ा देगा उस लिहाज से ठीक है तो ये है बेटे ये फ्रेंक स्टार्लिंग लॉ है फ्रेंक स्टार्लिंग लॉ सिंपली ये है कि जो भी ब्लड हार्ट में आ जाता है हार्ट उसको अकोमोडेट करता है और उसको आगे पंप करने की सिलाहित उसके लिहाज से एडजस्ट करता है ठीक है विद इन नॉर्मल रेंज ऑफ कोर्स ठीक है इसकी हम जब पढ़ लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड वो ब्लड जो आट ने इजेक्ट किया है द वेंट्रिकल, डिपेंड डिपेंड करता करता है, करता है उस वॉल्यूम पे जो वेंट्रिकल में डायस्टली के दौरान जमा किया गया है। अब ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए कि वेंट्रिकल में हम पहले ब्लड को जमा करते हैं ड्यूरिंग डायस्टली हम पार्टी सर्किल में पढ़ चुके हैं अब हम अब अब हमें ये बताया जा रहा है कि भाई जो वो अमाउंट है डायस्ली में के दौरान जो भी वॉल्यूम आप अकोमोडेट करते हैं चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो ज्यादा हो हार्ट ये ये ये कुदरत रखता है ये एबिलिटी रखता है कि वो इसको इजेक्ट कर पाए और फ्रेंसिंग लॉ यही कहता है ठीक है वॉल्यूम प्रेजेंट इन देंटिकल एट दीक है इस तरह से कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ ब्लड कम्स टू द हार्ट कॉमन द हार्टज दिटी टू इजेक्ट इसका अगर क्लियर हो गई और हम कल इसको और थोड़ा यह सारी हाँ बेटे मैं आपको कल करवा चुका हूं सारी बातें हो चुकी है ठीक है स्ट्रोक वॉल्यूम पर बीट है अमाउंट ऑफ ब्लड इज रीट और कार्डिक आउटपुट वही चीज है लेकिन उसका उसका पर मिनट है कि, कि, कितना ब्लड एक मिनट के अंदर हार्ट uh, से इजेक्ट uh, किया जा सकता है ये दोनों बुनियादी तौर पर एक ही चीज़ है बात जो इसका कहने की है और करने की है वो ये कि डायरेक्ट को किस चीज़ के साथ होगा डायरेक्टली प्रोपोशन किस चीज़ के साथ है डायस्ट्रिक वॉल्यूम के साथ एन डाइस्ट्रिक वॉल्यूम जैसा कि आपको याद होगा ये वो वॉल्यूम है जो डायस्टली के बाद टोटल आपने ब्लड जमा किया था वेंट्रीटर में ठीक है तो ये ये चीज और ये चीज और जो मैंने देसी जुबानों ने बताया था वो सेम चीजें जितना एंड डायस्ट्रिक वॉल्यूम होगा उतना ही धड़ले के साथ स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाया जाए और और या का आउटपुट सेम बात है ठीक है ये ये नॉर्मल होगा तो ये नॉर्मल होगा ये आप ज्यादा करेंगे ये भी ज्यादा हो जाएगा अगर हार्ट बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है तो ठीक है इसको कहने का एक और तरीका है कि ब्लड जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से राइट साइड ऑफ द हार्ट में रिसीव होता है और फिर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में भी आ जाता है यह भी वही चीज है कि आप जितना भी वीनस रिटर्न करेंगे इंक्रीज करेंगे जितना ब्लड आप वापस लाएंगे हार्ट हांग में वो उसका बन उसका एंड एंड बन बन ठीक है जाएगा अगेन ये वही बात है जो ऊपर हो ओडगी ठीक है फाइनल बात ये है कि कार्डिक आउटपुट और बीनस रिटर्न यानी इन सारे चीजों को हल करके हम एक फाइनल एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं फ्रैंक सॉरिंग लॉ का बात हम वही कर रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे लेकिन ये बात जरा कहते हुए जरा अच्छा लगता है कि कार्डिक आउटपुट यानी वो ब्लड जो आप पर मिनट हार्ट से पंप करवा रहे हैं इजेक्ट करवा रहे हैं वो इक्वल होना चाहिए एक नॉर्मल हार्ट में उस ब्लड के जो पेरीफ्री से जो सर्कुलेशन से हार्ट में वापस आता है तो मेरा ख्याल बड़ी ऑब्वियसली बात है कि कार्डिक आउटपुट बराबर होना चाहिए वीनस रिटर्न जितना ब्लड वापस आया उतना ही हार्ट ने आगे पंप कर दिया जो हम शुरू के पॉइंट से ही ये ही सेम बात कर रहा हैं ठीक है इसको ग्राफ में थोड़ा सा देख लेते हैं आ, वैसे अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया तो वेल एंड गुड लेकिन ग्राफ में एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको आ, समझाना चाहता हूँ ये ग्राफ है बेटे एक पे आप समझ लें कि ईडी भी ले लें ले, एंडस्ट्रिक वॉल्यूम ले लें ठीक है उसको दूसरे बेषिकोर करें ये एंड आइस्ट्रिक वॉल्यूम है जनाबे आ रही है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ठीक है स्ट्रोक वॉल्यूम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जितना ज्यादा आप यानी अगर आप इस x एक्सिस पे आगे बढ़ेंगे ऐसे आगे बढ़ेंगे उतना ही स्ट्रोक वॉल्यूम भी आगे बढ़ेगा तो जब इसको प्लॉट किया जाता है इन दोनों को एक्चुअल डेटा के साथ तो बेटे पर्पल लाइन बनती है नॉर्मल नॉर्मली पर्पल लाइन बनती है यानी जितना ज्यादा आप ईडी भी बढ़ाएंगे एंड वॉल्यूम बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा यही फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ राइट यही अभी हमने पढ़ा तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है law, यहां तक बात हो गई फ्रेंक की कोई भी तो वो सेशन में हम कर लेंगे अब यहां पर दो और चीजें आपको दिखाई गई एक ग्रीन डॉटेड लाइन है और एक येलो डॉटेड लाइन वेरी सिंपली ये ग्रीन डॉटेड लाइन एक ऐसे हार्ट की है जिसमें फ्रेंक स्टारिंग लॉ तो काम कर रहा है लेकिन साथ ही उसको सुपरचार्ज कर दिया गया है सिंथेटिक स्टिमुलेशन करके सो so एक ऐसा हार्ट जो नॉर्मल काम कर रहा है और सिंथथेटिक स्टिमुलेशन से भी मुस्तफ हो रहा है स्टिमुलेट हो रहा है उसकी ये जो कर्व है ये और भी जबरदस्त होगी और ऊपर होगी तो उसमें जो ईडीबी होगा किसी भी ईडी किसी भी पॉइंट ऑफ ईडी के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम उसका बढ़ा हुआ होगा ठीक है So, मिसाल के तौर पर ईडी अगर यहां पे आप देखें ये कांस्टेंट है इसको जरा मैं आप इस पे और कीजिएगा ये ऊपर जा रहा है, इसे यहां इंटरसेक्ट है इसको, को। तो यह है ठीक है नॉर्मल का लेकिन इसी का ग्रीन कर् पे स्ट्रोक वॉल्यूम यहां बन रहा है यानी सेम ईडी वी पे सेम अमाउंट ऑफ ब्लड जो डायस्ट्रीम आपने जमा किया एक ऐसे हार्ट में जिसमें फ्रेंक सालिंग लॉ के साथ साथ सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन भी उस वक्त हुई हुई थी उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम इवन मोर ज्यादा बढ़ जाएगा वो और ज्यादा ब्लड उठा के सर्कुलेशन में फेंगेगा ठीक है यहाँ पे जो अच्छे वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये जहन में होना चाहिए और वो फॉरन इस बात का बल्कि चले ये लाइव उसमें मैं फिर पूछूंगा आपसे कि इसका असर एंड सिस्टलिक वॉल्यूम पे क्या पड़ेगा ये मुझे फिर कोई याद भी कराते सवाल एंड सिस्टलिक वॉल्यूम पे इसका असर क्या पड़ेगा ठीक है अच्छा बिल्कुल इसी तरह से तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम की बात होगी। पैरसिम्पथेटिकता है, है, है, है, है तो अगर वही ईडी वो, वो ले लें जो कि यह स्ट्रोक वॉल्यूम करा रही थी अगर आप पैरासिंपेटिकेशन ऑन कर देंगे तो इवन दो फ्रेंड में काम कर रहा है तो वो इधर से इतना छोटा हो गया क्योंकि हार्ट जो है ये इसको पकड़ते स्लो कर दिया गया है क्योंकि पैरासिंपेथेटिक का इफेक्ट ही स्लो करना है हार्ट को ये अभी हम आगे देखते हैं ये ग्राफ में आगे तो कहा पढ़ा दूर so, uh, uh, जो सिंपथेटिक्स uh, uh, का असर होता है उसको कहते हैं पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट और जो पैरासिंपथेटिक्स का असर होता है वो है नेगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट आइनोट्रॉपिक का मतलब भी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है तो मैं एक मिनट के लिए पिछली साइड में जा रहा हूं ये देखिए ये हमने कर लिया हमने भी डिस्कस है जो, जो अवामिल है, पर, है उसका क्या असर होता अब हम ये कर <coughs> जो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम है हम जानते हैं कि उसके दो शाखे एक सिंपेटिक सिविलेशन और एक ठीक है अब आ, तो आपको नजर आएगा कि उसमें मिक्सड है और कुछ पैरासिम्थेटिक है सिंपथेटिक फाइबर आपको ज्यादा नजर आएंगे और यहाँ पे आपने गौर करना सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को जो फाइबर सप्लाई कर रहे हैं हार्ट को वो कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट को भी सप्लाई कर रहे हैं यानी एस ए नोड एवी नोड इंटर एट्रियल पाथवे सब के अंदर घुसे हुए, हैं ठीक है और दूसरी दूसरे दूसरे पॉइंट पे, वो हार्ट का जो मसल है जो मायोकार्डियम है जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला जो आ, मामला है सारा जो मसल है कार्डियक मसल उसको भी वो ढेर सारा सप्लाई कर रहे हैं एट्रियम में भी है वेंट्रिकल में भी है इवनली so, डिस्ट्रीब्यूटेड है हाउएवर पाए जाएंगे वो इंटरग्रेटेड पाथे में पाए जाएंगे वो एवी नोड पे पाए जाएंगे पे पाए जाएंगे ठीक है इसका इमीजिएट इफेक्ट क्या हो सकता है आप आप, आप आप को अगर मैं लाइव क्लास तो आपसे सवाल करता कि अगर एक चीज है जो सिर्फ कंडक्शन सिस्टम को छेड़ सकती है और दूसरी चीज है जो कंडक्टिंग सिस्टम के अलावा मायोकार्डियम को भी शराब कर सकती है तो इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या होंगे तो इंशाल्लाह चलें कल वो डिस्कस कर लेंगे आज साइड अब सामने ही है तो जो सिंपथेटिकेशन है ये बात याद रखने वाली है कि उसका जो रिसेप्टर है वो बीटा वन है हार्ट में बीटा वन रिसेप्टर के जरिए वो आ, अपना काम करता है और ये चार चीजें बेटे जो जिनमें से ये दो तो आपको आनी ही आनी चाहिए ठीक है ये मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूं आपको ये जो दो चीजें है ना ये बात ये आपको आनी चाहिए इसमें पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट और पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट ये जरूरी है ठीक है अब पॉजिटिव क्रोनो क्रोनोट्रॉपिक क्या मतलब होता है मतलब होता है हार्ट रेट किसी भी चीज का रेट उसका क्रोनो जिसे होता है ना घड़ियों में भी क्रोनो आपने लफ्ज सुना होगा तो वो रेट है यानी क्या वक्त हो रहा है रेट क्या है उसका तो पॉजिटिव का मतलब ये क्रोनो ट्रॉपिक का मतलब ये है कि ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है तो याद रखिए सिंपथेटिक स्टिमुलेशन हार्ट रेट को इंक्रीज करती ठीक है तो साथ ही दूसरा उसका इफेक्ट क्या है पॉजिटिव आइन इफेक्ट इसका मतलब है ये फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन को भी इंक्रीज करता है कैसे इंक्रीज करता है ये कैल्शियम करंट को प्लेटो के दौरान दावत देता है इंक्रीज so, यह कैल्शियम का जो इनफ्लक्स है प्लेटो के दौरान उसको बढ़ाता है और यह जो अंदर सार्को है उसका जो कैल्शियम का पंप लगा हुआ है ठीक है जो कैप्चर करता है कैल्शियम को साइटोसोल से दोबारा अपने अंदर उसको डालता है ताकि को सीज किया जा सके उसकी भी एबिलिटी को बढ़ाता है इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो मैं कल आपको जवाब दूंगा जो सवाल करेगा और सवाल करने के लिए जरूरी है कि ये पॉइंट उसको समझ आए कि ये यहाँ तक तो ठीक है जी कैल्शियम प्लेटों के दौरान अंदर लाना ताकि ज्यादा अवेलेबल हो कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहां तक बात समझ में आती है ये क्या बात है कि इंक्रीजेबिलिटी ऑफ जो सार्को प्लाज्मिकलम का कैल्शियम का पंप है कैल्शियम का पंप तो जैसे हमें पता है ये तो वापस कैल्शियम को खींचता है और एसा आपके अंदर डालता है यानी कैल्शियम की अवेलेबिलिटी को कम करता है साइटोसोल में तो ये तो कॉन्ट्रैक्शन के अगेंस्ट ही जाना चाहिए तो इसका जवाब वैसे नहीं है और जिसने पूछा मुझसे उसको मैं कल एक्सप्लेन कर, कर दू ठीक है ओके तो बेटा अगर कोई आपसे पूछे कि सिंपथेटिक स्टेमेशन का इफेक्ट हार्ट पे क्या है तो कम अज कम आपके मुंह से यह निकलना चाहिए कि हार्ट रेट बढ़ाता है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को भी बढ़ाता है ठीक है अब ये जरा देख लेते हैं ये आपके लिए माइनर हैं ये दो तो पॉइंट्स ड्रोमोट्रॉपिटिव ड्रोमोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि ये कंडक्शन वेलोसिटी जो एवी नोड के जरिए याद है ना जो एवी नोड पे डिले आता है कार्डिक इंपल्स का ये उसको थोड़ी सी चाबी लगा देता है और थोड़ा बेहतर कर देता है कंडक्शन तो जरा तेज हो जाती है इम्पल्स वो ज्यादा जल्दी स्टिमुलेट करती है ठीक है आ, दूसरा पॉजिटिव बैथमोट्रॉपिक ये माओकार्डियम की जो एक्साइटेबिलिटी है उसको भी बढ़ा देता है यही मायोकार्डियम अगर नॉर्मल हालात में कार्डियक इंपल्स से जो भी जिस भी तरह से एक्साइट होती है रिस्पॉन्ड करती है सिंथेटिक स्टिमुलेशन के दौरान ये ज्यादा एक्साइट होती है ठीक है तो बेटा जी ये चार चीजें हैं वन टू थ्री एंड फोर ये हैं सिंथेटिक स्टिम्यशन के मामला और अब हम बात करेंगे एक इसको ऑन कर लूँ अब हम बात करेंगे पैरासिम्पथेटिक की पैरासिम्थेटिक के बारे में मैंने आपको आ, बता दिया है कि ये अपना इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़रा कम होती है ठीक है और इसके जो इंटरसेप्टर्स इस हैं वो मस्करीनिक रिसेप्टर्स कहलाते हैं और यहाँ पे बेटे सारा नेगेटिव नेगेटिव लगा हुआ है तो ये नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक है ये नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक है और ये नेगेटिव आइनोट्रॉपिक भी कुछ हद तक है आइनोट्रॉपिक को तीसरे नंबर पे लिखा गया है कि इसकी ज्यादातर सप्लाई को ए रेट है, है वो सेट करता है ऐसे नोड तो इसको वो वो करके इनहबिट करके हार्ट रेट को नीचे ले आती है और वो उसकी जो कार्डिक्स है उसकी जो स्पीड है उसको भी ये स्लो कर देती है ठीक है एक्स्ट्रीम पैरासिंथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो हार्ट को बिल्कुल रोक सकती है जिसके थोड़ी ही देर बाद हार्ट नेचुरली उस पैरासिथेटिक स्टिमुलेशन से स्केप करेगा इसको वेगल स्केप कहते हैं वेगल यानी वेगस वेगस नर्व होती है जो पैरासिंथेटिक फाइबर्स को हार्ट की तरफ लेके आती है इसलिए पैरासिंपथेटिक के साथ वेगस का जिक्र नेचुरल ठीक है थीके? वेगल स्केप का अगर कोई आपने और पढ़ना हो तो वो भी पढ़ लीजिएगा या मुझसे अगर आपने क्वेश्चन करना है तो कर लीजिएगा लेकिन आपके लिए जो मेन चीज है वो ये इंफॉर्मेशन है कोई पूछता है कि हार्ट पे क्या असर होता है तो मेनली बेटे उसका है, रेट को डिक्रीज करना है कार्डिक इम्पल्स की स्पीड को स्टोर करना है और थोड़ा सा इफेक्ट यह है कि उसकी कंडक्शन उसका जो फोर्स ऑफ अंट्रेक्शन है उसको भी वो थोड़ा रिटार्ड या स्टोर कर सकता है इसके साथ ही हमारा ये वाला जो है टॉपिक खत्म हुआ अच्छा सो कल कर डिस्कस करेंगे और परसों से हम या नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें हम दूसरा नया टॉपिक करेंगे इनशाला